हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लो स्टार अमन में आज हम आपको बताने वाले हैं सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जीवन परिचय दोस्तों आप लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में जरूर सुना होगा जो एक मशहूर कथावाचक हैं अपने कथा के माध्यम से लोगों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाते हैं और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है जहां पर वे प्रवचन देते हैं इसके अलावा उनका प्रोग्राम आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाता है सीहोर वाले श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ज़्यादातर प्रवचन कथा से पुराण से संबंधित होता है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा वचन भी सिर्फ शिवपुराण से ही शुरू किया जाता है ऐसे में आप भी अगर जानना चाहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जीवन परिचय क्या है उनके सोशल अकाउंट क्या क्या हैं उनके परिवार में कौन कौन है अगर आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखते रहिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी भारत और दुनिया के एक जाने माने कथावाचक और भजनकार हैं वे अपने भजन के माध्यम से लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं इसके अलावा उनके द्वारा दिया गया प्रवचन भी लोगों के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन लाता है उनकी कथा विदेशों में भी लोगों के द्वारा सुनी जाती है उनका प्रोग्राम भी वहाँ पर होता है विश्व में उनकी पहचान एक मशहूर कहानीकार के तौर पर भी होती है और वे जब भी कुछ प्रवचन देते हैं तो उनके शब्द काफ़ी गहरे और अनमोल होते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था उनका जन्म सीहोर ज़िले में होने के कारण उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना जाता है आज की तारीख में उनकी उम्र बयालीस वर्ष हो चुकी है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के परिवार में माता पिता उनके दो भाई उनकी बीवी और उनके बच्चे हैं उनके माता पिता का नाम रामदयाल मिश्रा जी है एवं उनके दो भाइयों का नाम विनय मिश्रा और दीपक मिश्रा है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का विवाह हो गया है लेकिन इनकी पत्नी और बच्चे के नाम हमें ज्ञात नहीं हैं। अभी तक इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्म स्थान सीहोर से प्राप्त किया है उनके और उसके बाद इन्होंने स्नातक की डिग्री भी हासिल की है इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन किया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी शादीशुदा व्यक्ति हैं और उनकी पत्नी भी हैं साथ में बच्चे भी हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगर हम करियर के बारे में बात करें उन्होंने अपनी शुरुआत एक कथा वचक के तौर पर की थी इसके बाद उनकी प्रसिद्ध दी इतनी हो गई कि आज की तारीख में YouTube और Facebook पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं इनके अलावा इनका एक प्रोग्राम आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाता है जिसे लाखों लोगों के द्वारा सुना जाता है इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा जी भक्ति गीत भी गाते हैं और उनके गीतों को सुनकर भक्त पूरी तरह से भगवान के भक्ति में रम हो जाते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा का धार्मिक कार्य पंडित प्रदीप मिश्रा एक हिंदू कथावाचक हैं भी हमेशा हिंदू धर्म से जुड़े हुए उन पहलुओं पर अच्छा खासा वक्त देते हैं जिसे सुनने के लिवाज़ हर व्यक्ति को हिंदू धर्म का आशुसरण करता है उसे अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और समर्पित होने का जो मनोभाव है उसके हृदय में जागता है इसके अलावा धर्म से जुड़े अहम पहलू पर अपना विचार भी रखते हैं जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अवार्ड या पुरस्कार नहीं दिया गया है लेकिन जिस प्रकार पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रवचन के माध्यम से लोगों को सही राह पर चलना सिखाया है और समाज का भला कर रहे हैं ऐसे में बहुत जल्दी उन्हें पुरस्कार और अवार्ड भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा तब तक हम हमारे महान कथावाचक के वचनों को सुनना चाहिए और जीवन में अनुसरण करना चाहिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी की संपत्ति कितनी है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी किसी भी प्रकार भक्ति से जुड़े प्रोग्राम में कथा वाचन करते होंगे तो लाखों रुपए की फ़ीस के तौर पर चार्ज जरूर लेते होंगे ऐसे में उनकी संपत्ति भी लाखों में रुपये में होगी इसके अलावा इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहां पर लाखों की संख्या में व्यू आते हैं ऐसे में इनकी इनकम भी लाखों में होती होगी पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक जाने माने भजनकार और कथावाचक हैं ऐसे में वे अगर कोई प्रोग्राम भी करते होंगे तो उसकी फीस लाखों में होती होगी इसलिए हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में पंडित प्रदीप मिश्रा जी अगर किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसकी प्राइस भी लाखों में होगी अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हैं तो इसके लिए आप पंडित प्रदीप मिश्रा के टोटके का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं जिसके आपको अपने कष्टों से मुक्ति पाने में आसानी प्राप्त होगी मिश्रा जी के टोटके लिखित प्रकार के हैं आइए मैं उनका विवरण आपको नीचे दे रहा हूँ आपके ऊपर अधिक कर्ज है आप पंडित प्रदीप मिश्रा के टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको बट वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कर्ज और परेशानियाँ हैं उसका निवारण हो जाएगा इसके लिए आपको बटकेश्वर महादेव स्मरण करना होगा इस प्रकार की प्रक्रिया आपको प्रत्येक सोमवार को करनी होगी इसके अलावा आपको बट पेड़ के जड़ों को अपने खास अपने पास रखना होगा ऐसा करने से आपको कर्ज से संबंधित समस्या छुटकारा मिल जाएगा महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा के टोटके के अनुसार व्यक्ति को मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करना अमंगल माना जाता है पंडित महाराज प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार बुधवार के दिन व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज नहीं देना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा आया निश्चित तौर पर डूब जाएगा और आप जो पैसे उधार के लिए तौर पर दे रहे हैं वे आपके पास कभी वापस नहीं आ पाएगा शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और बुधवार को कर्ज लेना देना दोनों ही मना है जो भी व्यक्ति मंगलवार को कर्ज लेता है पे कभी भी जीवन पर अपना कर्ज उतार नहीं पाएगा आप इस बात का ध्यान जरूर रखें पंडित प्रदीप जी हर तरफ छा गए हैं आज के समय में इनकी और सबसे बड़ी रोचक बात है कि ये बुजुर्ग लोग इनकी कथा सुनते हैं और साथ में भारत के युवा भी इनकी कथा काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की और रोचक बातें करें तो शिवपुराण की कथा करने के साथ लोगों को बहुत से टोटके भी बताते हैं जिससे लोगों की परेशानी दूर हो जाती है इनकी सबसे बड़ी रोचक बात है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के समय बहुत लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी को आज के समय में बहुत से लोग सिकोर वाले के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका नाम जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ है तो दोस्तों ये रही पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जीवन परिचय के बारे में हमने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को आज के समय में बहुत से लोग सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका नाम और जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में हुआ है तो दोस्तों कैसी लगी आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जीवन परिचय की कहानी यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए लाइक करिए और कमेंट करके बताइए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत